हेलो फ्रेंड्स कल मैंने आपको तीन असेसमेंट कंप्लीट कराए थे आज फोर्थ असेसमेंट लेते हैं थोड़ा ब्रीफ इस पर वन फिफ्टी थ्री ए अंडर सेक्श सर्च एंड सीजर वन ए नोटिस दिया जाएगा सर्च एंड सीजर के लिए और ये इसका असेसमेंट भी 153 फिफ्टी ए में ही कंप्लीट किया जाएगा सर्च एंड सीजर कब किया जाएगा आपका जब एस ऑफिसर या उसमें कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के इसमें परमिशन होती है और किसी भी आपको एस के पास पाया जाता है कि गोल्ड या एक्स्ट्रा इनकम पाया जाती है सर्च एंड सीजर का केस होता है ये सेक्शन 132 में किया जाता है जो सर्च की जाएगी वो सेक्शन वन में की जाती है नोटिस वन ए का दिया जाता है एस के लिए इसमें सारी डिटेल होती है कि हमने आपके पास इतना गोल्ड इतना बुलियन इतना स्टॉक जो भी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हमें पाया गया और वन वन फिफ्टी ही कंप्लीट इसका असेसमेंट किया जाएगा कंपनी असेसमेंट ऑफिस में सीज कर सकते इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं कि इ प्रॉपर्टी पाई गई इसके पास जो एज पर डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स के नहीं हैं जो इनकम टैक्स थर्टी नाइन वन में फाइल की गई है जो भी इसकी तो ये लीगल प्रॉपर्टी पाई गई है डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं इसके पास या कुछ गोल्ड पाया गया है कोई बुलियन जो भी आपके आ, इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें तो इसमें पाया गया है वन ए में लिया गया अब आता है वन ए का जो आ, नोटिस दिया जाएगा वो कब से कब तक किया जाएगा यह हम कह सकते हैं 132 में जो सर्च होगा वो कितने असेसमेंट ईयर का होगा जब आपने सर्च कंडक्ट किया है <coughs> उसकी प्रसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से आई मीन I mean, कह सकते हैं कि सिक्स असेसमेंट ईयर तक मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूँ उसकी सिक्स असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रसिडिंग द असेसमेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर ये सिंपल लैंग्वेज टेक्स में लिखा हुआ है कि हम उस पीछे के छः साल तक हम इसकी सर्च कर सकते हैं अगर हमें सर्च एंड सीजर का 153 फिफ्टी ए में नोटिस है 132 में हमने सर्च किया है तो सिक्स असेसमेंट इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जैसे सर्च स्टार्ट हुआ आपका सेक्शन वन में तीस छ 2013 हजार ठीक है तीस छः दो आपको सर्च स्टार्ट हुआ ये हुआ आपका प्रीवियस ईयर ये।, ये आपका हुआ आपका तीस छः दो हजार हुआ आपका प्रीवियस ईयर चौदह पंद्रह हुआ इसका असेसमेंट ईयर ठीक है ना ये कह रहा है कि प्रिसीडिंग था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इस प्रीवियस ईयर के मतलब तेरह चौदह के है? असेसमेंट प्रेसिडिंग द प्रीवियस असेसमेंट ईयर यहां प्रेसिडिंग का मतलब होता है एक असेसमेंट को छोड़कर उसे पुराना वाला मींस यहां स्टार्ट होगा आपका बारह तेरह ते से बारह तेरह से असेसमेंट ईयर इसमें सिक्स है ना आ, तो दो हजार सात दो हजार सात आठ नौ नौ दस दस ग्यारह बारह बारह ये होंगे सारे असेसमेंट ईयर। जिस साल जिस प्रीवियस ईयर में मैंने सर्च स्टार्ट किया सेक्शन 132 में उससे प्रेसिडिंग असेसमेंट ईयर उसका प्रेसिडिंग असेसमेंट ईयर मीस हुआ बारह तेरह इसका तेरह चौदह का उससे पीछे के छह साल तक हम सर्च इस, आ, उसकी इनकम का सर्चिंग कर सकते हैं मैच सर्च एंड सीच कर सकते हैं जो भी उसने रिटर्न भरी होगी वन वन में या वन वन के नोटिस के ऊपर उसका आ, कोई भी रिप्लाई दिया होगा एस ने तो हम उसके इनकम को जस्टिफाई करने के लिए हम उससे कह सकते हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में आ, मांग सकते हैं या कोई भी अगर ऐसा सौदा हुआ प्रॉपर्टी का हम उसे डिटेल ले सकते हैं ये अपना हुआ नोटिस देने का मतलब हम पिछले के छः साल के लिए नोटिस दे सकते हैं सेक्शन वन ए में किसके लिए सर्च के लिए कि हम पीछे के छह साल के भी हम सर्च करेंगे असेसमेंट ईयर वो भी एग्जाम्पल को आप एक बार लिख ले इस चीज के लिए मैं वापिस एक बार बता देता हूं 153 नोटिस इशू इशूड और सर्च एंड सीज सर्च स्टार्ट होने से तीस छ दो हजार तेरह ये कह रहा है सर्च स्टार्ट हुई आपकी तेरह चौदह फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में इसके इसकी प्रिस असेसमेंट ईयर इसके प्रेसिडिंग असेसमेंट हुआ बारह तेरह क्योंकि ये लैंग्वेज जो प्रोसिडिंग है पी आर पी डब्ल्यू एस प्रसिडिंग असेसमेंट ईयर ये होता है एक असेसमेंट ईयर को छोड़ के पीछे वाला प्रेसिडिंग असेसमेंट ईयर तो इसका असेसमेंट 12-13 बारह तेरह प्रसिडिंग दसेसमेंट 12-13 तो 12-13 से आप काउंट कर लो 6 डेट मीनस दो से लेके 12-13 असेसमेंट ईयर वो इन छह साल के असेसमेंट ईयर का नोटिस इशू कर सकता है थ्री ए में एग्जाम्पल को आप एक बार लिख लेना क्योंकि कंफ्यूजन ये रहता है कि क्वेश्चन एम सी के क्वेश्चन में आएंगे कि वन फिफ्टी थ्री ए का नोटिस कैसे दिया जाएगा कब दिया जाएगा टाइम लिमिट क्या है उसकी और कोई एक केस स्टडी बना के दे दिए उसके ऊपर तो बिना एग्जांपल के आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही बना पाओगे आप इसके लिए अब होता है कि असिस ऑफिसर जो भी है हाँ, सर्च इन के लिए असिस्टिंग ऑफिसर के ऊपर राइट नहीं देता इसके लिए आपको डिप्टी कमिश्नर सी अपील वगैरह की सी की जॉइंट कमिश्नर की परमिशन होना जरूरी है उसका साइन होना बहुत जरूरी है इसके बिना आप किसी के यहाँ पेड नहीं दे सकते ना सर्च एंड सीजर कर सकते हैं अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी रेट अजय देवगन अजय देवगन की तो वो 153 फिफ्टी ए में नोटिस का 132 मैं सर्च का उसके पास राइट थे और वन फिफ्टी ए का नोटिस दिया था उसने तो उससे आप समझ सकते हो कि बिना सर्च एंड सीजर में होता क्या है वो 10 दिन चले या पाँच दिन एक बार स्टार्ट होने का स्टार्ट एंड एक कंक्लूड दोनों में डिफ्रेंस है स्टार्ट होने पर सर्च होने पर तो उसके टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाती है कि हम कितने साल कम कर सकते हैं और एक होता है कि इसका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर तब कंप्लीट करेगा सर्च स्टार्ट होने पे वर्ड से हमें यही समझता है कि हम पीछे के छह साल का हम यूज कर सकते हैं और हम इसके इनकम को हम जस्टिफाई या हम उसे पूछ सकते हैं अब होता है कि हमने सर्च स्टार्ट कर ली और हमारी कंप्लीट भी हो गई कंक्लूड होगा ही कंप्लीट सर्च ये हुआ आपका मान लो तीन दिन चली चार दिन चली या एक महीने चली आपकी सर्च कंप्लीट हो गई अब असिस्टेंट ऑफिसर को सर्च कंप्लीट होने के असेसमेंट करना होगा 153 ए में ही कि सर हमें इसको कितनी आपकी इनकम जस्टिफाई हुई असेसमेंट का होता किया जो भी हमने एक महीने या दो महीने हमने आपके सर्च किया हमें इनकम एक्स्ट्रा पाई गई तो हमें असिमेंट करना होगा इसके लिए वन फिफ्टी इसके लिए एग्जांपल लेते हैं आपकी सर्च स्टार्ट हुई 29 3 2016 ठीक है कंप्लीट हुई आपकी 15 4 2016 हजार ये एग्जांपल इसलिए लिया कि इसमें फाइनेंशियल चेंज हो रहा है <coughs> <coughs> दो दिन के लिए तो मेरा ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्च कंप्लीट हुई है जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्च कंप्लीट हुई है उसके दो साल तक आपको असमेंट इसका करना होगा जैसे इसका फाइनेंशियल कब कंप्लीट हो रहा है प्लस टू इयर्स मींस सर्च सर्च स्टार्ट होने में और कंप्लीट होने तक आपको असेसमेंट कब करना होगा असेसमेंट ऑफिसर को सर्च आपकी स्टार्ट हुई उनतीस तीन दो हज़ार सोलह कम्प्लीट हुई पंद्रह चार दो हज़ार सोलह मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया क्योंकि फाइनेंशियर चेंज हो रहा है इसका तो कंफ्यूजन ना रहे फाइन जब सर्च कम्प्लीट हो जाती है उसके फाइनेंशियल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में खत्म होने के बाद उसके साथ दो साल और एड और करना इसके अंदर इकतीस तीन दो हज़ार इसकी लैंग्वेज आपको बनानी होगी फाइनेंशियल सर्च विद इन पीरियड विद इन पीरियड ऑफ टू इयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्च इज कंप्लीट जिस फाइनेंशियल में सर्च कंप्लीट हुई है वहां से उस फाइनेंशियल से दो साल के अंदर अंदर आपको असेसमेंट कराना होगा 153 फिफ्टी थ्री का 153A में असेसमेंट ऐसा कंप्लीट होने पर आ रहा बाद अगर कंप्लीट होता है तो वैलिड नहीं होगा अब एक क्वेश्चन ये आता है इन विद इन टू ईयर्स इन विद इन टू ईयर्स में 153A का असेसमेंट रनिंग में कंप्लीट नहीं हुआ है उसके पास ऑलरेडी एस के पास 143, 33, 147 और 144 इसके नोटिस आए हुए हैं इसके असेसमेंट होने बाकी हैं तो जब तक 153 फी का ये असेसमेंट नहीं होगा सारे इनवैलिड हो जाएंगे इनका कोई मतलब नहीं है इन सभी की फाइल क्लोज हो जाएगी क्योंकि सर 153 वन फिफ्टी का असेसमेंट में आपके सारे खुल लेंगे स्कूटनी एस्केप इनकम और 144 अगर कल अगर सर कुछ नहीं कहते तो 144 फोर्टी फोर में एक्सपार्टी कर देंगे 153 के भी पे 147 में आपने एस्केप इनकम का ये सेक्शन है 147 तो 153 फिफ्टी में ऑलरेडी कवर हो रहा है क्योंकि तो उन्होंने इनकम छुपाई है 143 फोर्टी स्कूटनी का है कि आपने असेसमेंट स्कूटनी में करना है जब आपका 139 थर्टी नाइन वन फोर्टी टू वन में रिटर्न भर दिया आपने स्कूटनी कब होती है जब आपको इनकम कम शो हो रही है एस एस ऑफिस को वन में जब सारा कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि आ, उसके यहाँ सर्चेंट सीजर चल रही है अगर कोई केस इसका डूरिंग द ईयर अपील में है में है वो रनिंग में रहेंगे वो कभी बंद नहीं होंगे क्लोज नहीं होंगे लेकिन 143, 147, 144 के सारे केस क्लोज हो जाएंगे क्योंकि तो उसका असेसमेंट 153 में कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अपील और रिविजन में अगर कोई इसका कोई किसी भी फाइनेंशियल और किसी भी असेसमेंट की फाइल ओपन है जैसे भाई ये मैंने लिया है दो से लेके कोई एग्जाम्पल दो से ले कर दो, ले दो तक इसमें मेरा वन ये चल रहा है ठीक है इन ड्यूरिंग द पीरियड में अगर इन, इन, कोई नोटिस 143, 147, 144 का है तो सारे क्लोज हो जाएंगे वो ये नोटिस इन असेसमेंट ईयर के ठीक है अगर कोई इन असेसमेंट ईयर में अपील और रिवीजन का केस चल रहा है इन असेसमेंट ईयर में वो रनिंग रहेगा वो कभी बंद नहीं होगा क्योंकि तो अपील रिवीजन का चल रहा है अगर इनके अलावा कोई भी केस चला अपील रिविजन में या वन फोर्टी थ्री में वो कंटिन्यू चलेगा क्योंकि तो हमने तो बस सर्चन सीजन इन छह साल की किए ठीक है ठीके? ये आप कंप्लीट हो गए वन फिफ्टी आपके चार असेसमेंट हुए आपके 143 टू का हुआ 147 का हुआ 144 का हुआ और ये 153 फी का हुआ इसमें सेक्शन बोल सकता है एमसीक्यू में कि इसका नोटिस किस सेक्शन में दिया जाता है किस सेक्शन में इसका असेसमेंट कंप्लीट होता है टाइम पीरियड क्या है कि हम कब तक नोटिस इशू कर सकते हैं और दूसरा हमारा असिस्टेंट ऑफिसर कब असमेंट कंप्लीट कर सकता है उसका टाइम पीरियड इन चारों के मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल इसमें समझा दिए हैं तो आप उसी से वैसे सेक्शन आपको याद नहीं रहेगी तो एग्जाम्पल से आप इसके एम बी को एक एक हर सेक्शन के नीचे आप उस एग्जाम्पल को लिख लिख लेना नहीं तो अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएंगे सेक्शंस अब होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर में आप एक हायर होती है कि सी आई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये कैसे आप जा सकते हो सबसे पहले आता है असिस्टेंट ऑफिसर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिसर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले इंस्पेक्टर आता है सबसे छोटा ग्राउंड लेवल पे, फिर असिस्टेंट ऑफिसर आ जाता है उससे थोड़ा हायर रैंक का असिस्टेंट ऑफिसर ने कोई नोटिस दिया उसने आपका असिमेंट कर दिया वन फोर्टी में या वन में कर दिया असिस्टेंट ऑफिसर ने एक्सपार्टी कर दिया तो आप सी अपील में जाना आप पहले होता है नीचे से लेता हूँ इंस्पेक्टर सबसे लोअर पोस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर में हमारे पास इंस्पेक्टर आएगा उसके बाद होता है असेसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होते हैं कि 143 टू में या 144 में आपको असिस्मेंट कर सकता है उसके पास लेकिन 147 के नहीं रहते अगर ऑलरेडी वन मैंने अब कल की क्लास में बताया था कि अगर आपका 147 में कोई नोटिस है 148 में नोटिस है 147 में आपका असिमेंट हो रहा है अगर आपका ऑलरेडी असमेंट 147 फोर्टी 1432 में हो चुका है तो एओ आपके लिए 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकता उसके लिए एसी और डीसी वाला रैंक असिस्टेंट ऑफिसर का रहेगा ए सी डी सी कमिश्नर एंड डिप्यूटी कमिश्नर प्लस जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल जरूर लगानी होगी आपको अगर उसका ऑलरेडी नहीं हुआ हो वन में 147 में तो ठीक है एस एस ऑफिसर का 147 में अप टू फोर ईयर्स वाले में क्राइटेरिया में आ जाएगा और 6 टू 16 में तो आपके लिए पहले से ही बता दिया कि एस एस ऑफिसर डीसी और एसी सी रैंक का होना चाहिए जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए और कुछ केसों में सीआईटी का जॉइंट कमिश्नर के साथ आपको आई की भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है इसके ऊपर आता है सी अगर आप ऑफिसर ने आपका केस वन फोर्टी और 144 स्कूटनी एस्केप इनकम और एक्सपाली किसी भी सेक्शन में असिस्मेंट कर दिया है ठीक है लेकिन एसिक नाखुश है नहीं सर मैं तो अपील में जाऊंगा। आपने जो मेरे को डिमांड निकाली है वो बहुत ज़्यादा है आपने गलत किया है मैं तो डिमांड में जाऊंगा, तो वो सीआईटी अपील जाएगा सी अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ठीक है असेसिंग ऑफिसर ने 143 फोर्टी टू में 147 144 में आपका असेसमेंट कर दिया लेकिन एस uh, नाखुश है उसने बोला नहीं सर आपने तो ज़्यादा जा, डिमांड निकाली है या इंटरेस्ट की इनकम ज़्यादा निकाल दिया आपने मेरे को मैंने तो इतना है नहीं इसके लिए तो वो uh, उसके लिए क्या करेगा एस एस अपील में जाएगा CIT, CIT अपील में जाने के लिए उसको जितनी डिमांड निकाली है जितना अमाउंट निकाला उसका 15% ऑन डिमांड बाय ए CIT अपील में जाने के लिए अस को जितनी डिमांड असेसिंग ऑफिसर ने निकाली 143, 2, 147, 144 में उसका 15% परसेंट 15% गवर्नमेंट को जमा कराना होगा सीआईटी अपील में जाने से पहले अदरवाइज अपील में नहीं जा सकता जैसे आपकी डिमांड 2 करोड़ रुपए की निकाली है तो उससे सबसे पहले 15 लाख रुपए गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर को जमा कराने होंगे वो चेक डीडी की कॉपी लगी रहती है डीडी बनता है इसमें चेक नहीं चलता इसके अंदर डी गवर्नमेंट के पास रहेगा वो डी जब तक उसका केस अपील में चलेगा रनिंग में रहेगा अपील से ना खुश होने के बाद वो आईटीआईटी इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटीआईटी में जाएगा आईटीटी के बाद आता है आपका हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट जैसे भी रिलायंस का केस चल रहा है एन सी एल में पहुँच गया अनिल अंबानी का जो उसके छोटे भाई का सुप्रीम कोर्ट के बाद डिसीजन दे दिया कि सर उसको सेट्स को बेच दिया जाए तो एन में तो केस चल रहा है तो ये हायर क्रैसे होती है सबसे पहले आता है इनकम इं, टैक्स ऑफिसर इं, यह इंस्पेक्टर कहते <laughs> हैं असिस्टेंट ऑफिसर सी <coughs> अपील में जाएगा आई टी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये आपसे पूछ सकते हैं एन में सर सबसे लोअर पोस्ट कौन सी होती है इंस्पेक्टर फिर असेसिंग ऑफिसर होता है फिर सी अपील होता है सीआईटी में अपील में जाने के लिए आपको कितने डिमांड का कितना पेमेंट करना हो आई मीन एम क्वेश्चंस क्वेश्चन बना के दे सकता है वो उसके लिए कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने 143 1432 में किसी भी एस की डिमांड निकाल दी उस दो हज़ार फाइनेंशियल ईयर्स की कोई भी एग्जाम्पल उसमें फ़िगर दे दी तो अगर एस एस उससे ना है तो वो सी अपील <laughs> में जाना चाहेगा सी <coughs> अपील में जाने के लिए उस डिमांड का कितना परसेंट या कितना अमाउंट आपको डीडी के इनकम टैक्स ऑफिस में आपको जमा कराना पड़ेगा अपील में जाने के लिए तो उसका आंसर है फिफ्टीन परसेंट जो भी इसके लिए एग्जांपल आप लिख सकते <coughs> हैं अब इसके बाद टॉपिक है डबल टैक्सेशन का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट या डबल टैक्सेशन होता क्या है पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन आते हैं डबल टैक्सेशन है क्या चीज ये ये डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे हम हमारे फादर या कोई भी है आउट ऑफ इंडिया कोई रह रहा है वहाँ से कोई इनकम आई वो इंडिया में भी आ गए वो इनकम मतलब वो वहाँ की आपके आउट ऑफ इंडिया और उस इनकम को यहाँ इंडिया में लेकर आ गए तो गवर्नमेंट कहती है कि सर आप उस इनकम पे उस वाली इनकम पे आउट ऑफ इंडिया जो भी आपकी कंट्री रही वहाँ भी टैक्स डिडक्ट हो गया एस का और उस इनकम को उस फाइनेंशियल में वो इंडिया में उसने ट्रांसफ़र कर दिया लेकर आ गया तो यहाँ भी गवर्नमेंट कहती है सर उस वाली इनकम पर आप हमको भी टैक्स दो तो आशी कहता है सर मैं ऑलरेडी ये इनकम मैंने आपके इंडिया में नहीं कमाई है मैंने ये आउट ऑफ इंडिया लेकर गया था और वहीं कमाई और वहीं में टैक्स डिडक्ट हो चुका है मेरा तो मैं आपको इनकम क्यों दूँ इस पे इस इनकम पे मैं आपको टैक्स क्यों दूँ तो गवर्नमेंट कहती है जि जिस कंट्री में आपने पैसा कमाया उस कंट्री से हमारी ट्रेटी नहीं है संधि नहीं है तो जिस कंट्री से हमारी ट्रेटी या संधि नहीं है तो उस कंट्री पर अगर उस कंट्री का पैसा आप हमारे कंट्री में लेकर आओगे तो उस पर हमको टैक्स देना होगा जैसे काफ़ी सारी कंट्री है इंडिया की जिसके साथ आ, इंडिया का उन कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं है इसका सबसे डबल टैक्सेशन को समझ लेंगे एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे सारा कुछ सबको समझ में आ जाएगा अदरवाइज इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि जो डबल टैक्सीशन का जो भी क्वेश्चन आएगा तो एक नॉर्मल एक आपको एम सी क्वेश्चन में एक्जाम्पल देगा दे कोई भी केस स्टडी बना के इस छोटा सा और पूछेगा कि सर इसका टैक्स कितना बनना है या रिलीफ कितनी बन रही सेक्शन एटी में रिलीफ आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ एक एक्स एक पर्सन कोई वो सिंगापुर गया वहां से दस लाख रुपये उसने कमाए अन किए एक्स पर्सन है वो बुक से लिखता है राइटर है ये ठीक है वहां उसने दस लाख रुपये कमाए वहां से सिंगापुर की गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट किया मिस पचास हजार ठीक है कोई भी एक्सपर्शन राइटर है बुक लिखने का उस पे उसने सिंगापुर गवर्नमेंट ने पचास पचास हजार रुपए का टीडीएस डिडक्ट कर लिया दस लाख रुपए की कम वो इंडिया आ गया इंडिया में उसने वह पैसा लेकर आया नौ लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है इंडिया में वो पैसा लेकर आया नौ लाख फिफ्टीन थाउजेंड अब बुक को लिखने पे उसके खर्चे हुए एक्सपेंसिज दो लाख दस हजार रुपये अदर सोर्सेज की इनकम कुछ हुई उसकी मेन साफ मानो डेढ़ लाख रुपए कोई भी एक्सपर्सन है वो सिंगापुर से राइटर लिखता है कहाँ कुछ भी बुक्स वगैरह लिखता है दस लाख रुपए की इनकम हुई वहाँ की गवर्नमेंट ने पचास हज़ार रुपये टी डी लिया वो इंडिया आ गया नौ लाख पचास हज़ार रुपये लेकर नौ लाख पचास हज़ार रुपये लेकर आए तो उसके बुक्स पर लिखने पर उसके नौ लाख दस हज़ार खर्च हो गए उस पर भाई पेपर लेकर आए स्टेशनरीज वगैरह कुछ भी उसने राइटिंग में जो भी बाइंडिंग करवाई बुक वगैरह जो भी खर्चे हुए ये पी पे खर्च हो गए क्योंकि इनकम भी पीजीबीपी की है अदर सोर्स से ही कुछ इनकम रही उसकी इंडिया में आने के बाद डेढ़ लाख रुपये अब हम डबल टैक्सेशंस में उसका इंडिया से भारी पचास हजार रुपये टैक्स कट गया सिंगापुर में यहाँ उसने कुछ इनकम कमाई तो इंडिया वाले कहते सर आप हमको भी इस पर टैक्स दो तो गवर्नमेंट कहती है सर मैं आपको कैसे टैक्स दूँ उसके लिए वो एस एस कहता कि मैं क्यों दूँ टैक्स तो एक रिलीफ आती है कि सर जो भी इन दोनों में से कम होगा कैलकुलेट मतलब हम टोटल इनकम को जो हम कमा के लाएं और इंडिया में कमाए दोनों के एक दो फार्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी विचव लोअर होगा रिलीफ 91 में आपको मिलेगी उसकी सेक्शन रिलीफ 91 ये डबल टैक्स की रिलीफ होती है मैं वापस समझाता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर मानो 12 13 ठीक है एक्स परसेंट ठीक है पी का रॉयल्टी रिसीब दस लाख रुपए, ठीक है आपको रॉयल्टी रिसीव हुई दस लाख रुपए की उस पर टीडी डिडक्ट हो गया पचास हजार रुपये का ऑलरेडी माइनस एक्सपेंसिज दो लाख दस हजार रुपये सात लाख चालीस हजार रुपये रही इसमें अदर सोर्सेज इनकम एक लाख पचास हजार ठीक है आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई ग्रॉस टोटल इनकम कोई बंदा आउट ऑफ इंडिया से सिंगापुर से आया है? या वहां से बुक लगता है वहां यहां इंडिया में रहता है वो बंदा उसकी कोई इनकम कोई भी पर्सन है कोई भी एसएससी है दस लाख रुपए की इनकम होती है उसकी वहाँ से वो यहाँ ट्रांसफ़र होती है टीडीएस डी डिडक्ट हो गया सिंगापुर में पचास हज़ार रुपये इंडिया वाले भी कहते हैं सर आपकी इनकम यहाँ आई हुई है आपके पास साढ़े नौ लाख रुपए टीडीएस आफ्टर टीडीएस तो सर हमको भी इस पर टैक्स चाहिए क्योंकि आपने उस पर खर्चा भी किया इंडिया में रह और जो भी है इसमें तो हमको भी टैक्स चाहिए क्योंकि हमारी उसके साथ ट्यूटी नहीं है डबल टैक्स अब ये ये कहता है कि एस सर मैं दो दो बार टैक्स क्यों तो मुझे कुछ रिलीफ तो दिया जाए सर इस टैक्स के लिए 50,000 रुपए में मैं वहाँ कटवा चुका हूँ अब आठ लाख नब्बे हज़ार में मेरे को और भी टैक्स देना पड़ेगा अब इसमें जो रॉयल्टी होती है एक सेक्शन होती है चैप्टर सिक्स की 80 क्यू क्यू क्यू बी जो भी आपको रॉयल्टी मिलती है उसमें मैक्ममम जो डिडक्शन मिलते हैं क्यू क्यू बी बी में वो 3 लाख रुपए मिलती है भाई रॉयल्टी आपको दस लाख रुपये मिल रही है मैक्सिम लिमिट तीन लाख रुपए उसकी अगर आपको रॉयल्टी दो लाख रुपए मिलती तो आपको डिडक्शन ही दो लाख रुपए की मिलती क्योंकि मैक्सिमम तीन लाख रुपए रूपये बचेवे लोअर आपकी टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम होगी पांच लाख नब्बे हजार रुपये टोटल इनकम पाँच लाख नब्बे हज़ार रुपये होगी अब इस केस में आपकी आ, टैक्स कितना लगेगा इसके लिए आप रॉयल्टी रिसीव करके लाए दस लाख रुपए, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो गए पचास हज़ार रुपये का नौ लाख पचास हज़ार रुपये बचा एक्सपेंसिज हो गए इस खर्चे के लिए दो लाख दस हज़ार रुपये अदर सोर्स इनकम आपको डेढ़ लाख रुपये आ गए इसके अंदर जो हमने टी डिडक्ट किया था उसको वापस से हम यहाँ ऐड करेंगे इसके अंदर क्योंकि एक बार लेस करके क्योंकि दस लाख रुपए की इनकम आई टीडीएफ से डिडक्ट हो गया अब टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे इसके अंदर पचास हजार रुपये तो आपकी इनकम हो जाएगी छह लाख चार हजार चालीस हजार रुपये रॉयल्टी रेसिप आई में पास दस लाख रुपए टी टीएस डिडक्ट हो गए पचास हजार रुपए एक्सपेंसिज हुए मेरे कुछ भी दो लाख दस हजार रुपये अर सोर्स हम डेढ़ लाख रुपये टी टी एस डिडक्ट एड कर दिया और चैप्टर सिक्स की डिडक्शन मैंने ले ली रॉयल की है छह लाख चालीस हजार रुपये पे आज की डेट में अगर असेसमेंट ईयर आप ऐसा करो उसको बीस इक्कीस कर लो बीस इक्कीस ठीक है बीस इक्कीस बीस से का फाइनेंशियल ईयर उस टाइम पर मेरी बेसिक एक्जिमशन लिमिट कितनी थी, थी टोटल इनकम कितनी है टैक्स कैलकुलेशन इंडिविजुअली पर्सन था साठ साल से कम था तो बेसिक एक्सेंट में दो लाख पचास जाते से कम क्यों होगी 5 परसेंट साढ़े बारह हज़ार ठीक है और 5 लैख एब कितने हो गए आपके वन लैख फोर्टी थाउजेंड इंटू परसेंट ट्वेंटी ठीक है ये हुआ आपका पाँच आठ तो दो दस दो चालीस हजार पचास पाँच सौ प्लस फोर परसेंट सेफ आपके हो गए सोलह सौ सो बीस आपका टोटल टैक्स एस ये कहता है कि 10 लाख रुपए की इनकम में आउट ऑफ इंडिया से कमाया मैंने एक लाख पचास हजार रुपये की इनकम मैंने यहां कमाई इंडिया में इंडिया में बैठ के टोटल इनकम हो गई मैंने टोटल इनकम पर मैंने बयालीस हजार एक टैक्स बन रहा है अब अच्छा फिर कहते है, सर मेरा पचास रुपए तो ऑलरेडी कट चुका है मेरा सिंगापुर में तो मैं आप टैक्स क्यों पे करूँ यहाँ बयालीस रुपए 120 रुपए इंडिया में टैक्स बयास हज़ार बन रहा है और मैं ऑलरेडी 50000 रुपए रुपये वहाँ कटवा चुका हूँ तो मैं दो दो बार टैक्स क्यों पे करूँ गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप दो बार टैक्स मत करो लेकिन जो इंडिया में टैक्स बन रहा है मैं बयालीस हज़ार एक इसमें से कुछ मैं रिलीफ दे दूँगा सेक्शन नाइन्टी की जो आप वहाँ कमा के लाए वहाँ जो आपको टीटेल्स वहाँ कटा हुआ है तो अब हम रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे बयालीस हज़ार फस्ट ये आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया डिवाइडिड तो डबल टैक्सीन के निकालने के लिए दो फार्मूले हैं विच एवरेज लोअर इसकी जो भी कम होगा वो रिलीफ 91 कहलाएगा और उसके हम जो टैक्स इंडिया में बना है 42,000 थाउजेंड उस पर से इसको लेस करके जो नेट ऑफ आएगा वो उसे पे करना पड़ेगा इंडिया में फर्स्ट टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया ये कहना चाह रहा है जो इंडिया में आपकी टोटल इनकम हुई है आउट ऑफ इंडिया की इंक्लूड कर ली उसमें हमने दस लाख रुपये आपने इंडिया में डेढ़ लाख रुपये कमाई हो अदर सोर्स किया और कोई भी इनकम कमाई हो उस पर जो टैक्स बन रहा है वो यहाँ इस वाले कॉलम में आएगा टोटल इनकम इन इंडिया आपकी इंडिया में कितनी टोटल इनकम रही आफ्टर डिडक्शंस चैप्टर सिक्स से कोई भी रिलीफ लेने के बाद आपकी टोटल इनकम इंडिया में कितनी रही इस इनकम में हमने सारी इनकम ऐड की है आउटसाइड इंडिया की और इन इंडिया की सच डबल टैक्स टैक्स ऑन इनकम ऐसी कौन सी इनकम जिस पर दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा हो दस लाख रुपये आउटसाइड इंडिया से आए ठीक है उसमें से मैंने दो लेस कर दिए खर्चे के क्योंकि मेरे 10 लाख रुपए उसमें से कमाए थे और उस पर दो लाख दस हज़ार रुपये मेरे जो भी मैंने बुक्स लिखी थी बाइंडिंग वगैरह जो भी खर्चे थे उसमें से हुए और उसमें से मेरे को तीन लाख रुपए की रॉयल्टी मिली तो मेरे को नेट ऑफ इनकम आई इसमें इस वाले भाई ये कहना चाह है सच डबली टैक्स ऑन इनकम ऐसी इनकम बताओ जिसपे मेरे को दो बार टैक्स देना पड़ रहा हो इनकम कौन सी दस लाख रुपये उस पर खर्चे कितने हो गए मेरे दो लाख दस हज़ार रुपये और तीन लाख के रेट क्योंकि उसी इनकम पे मैं पचास हज़ार रुपये तो टीडीएस डी वहाँ जमा करा डिडक्ट हो गया मेरा आउटसाइड इंडिया और उसी इनकम को यहाँ इंडिया में वापस से ऐड कर रहा है और मुझे यहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है तो यहाँ इस वाले पोर्शन में हम अदर सोर्सेज इनकम या ऐसी कोई इनकम नहीं लेंगे जो हमारे इंडिया की ही हो बस इस वाले इनकम में वो वाली इनकम लेंगे जो हमारी आउटसाइड इंडिया से है जिस पर हमें दो बार टैक्स देना पड़ रहा हो या वहाँ भी डिडक्ट हो गया और यहाँ भी हो गया हो दूसरे में कहता है टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया जो आउटसाइड इंडिया से जो टोटल इनकम हुई थी उसमें मेरा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ तो मेरा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ पचास हज़ार रुपये यहाँ ये कहना टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया से जो भी मैंने इनकम कमाई है जो भी किया है उसमें मैंने कितना टैक्स पे किया नीचे वाला आता है टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो भी इनकम कमाई है आउटसाइड इंडिया से उसकी टोटल इनकम कैसे है यहाँ मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि बस मैंने सिंगापुर से दस लाख रुपए की इनकम करें हो सकता है मेरी यूएस से भी मेरी रॉयल्टी की इनकम आ रही हो पाँच लाख रुपए की यूके से भी आ रही हो लेकिन वहाँ हमारी ट्रिटी है गवर्नमेंट की कि अगर वहाँ एक बार टैक्स डिडक्ट हो गया है तो इंडिया में आपको नहीं देना पड़ेगा तो यहाँ <coughs> उस इनकम को यहाँ लूँगा लेकिन यहाँ डबल टैक्स मैं नहीं ले पाऊँगा उसको क्योंकि मेरा उस पर इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है इंडिया में तो और सच डबल टैक्स ऑन इनकम ठीक है ये फार्मूले आप नोट कर लेना डबल टैक्स में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा सिंपल सा कि मैं आउटसाइड इंडिया का कमा रहा हूँ और इंडिया में मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ तो दोनों का डिफरेंस क्या है अब सच डबल टैक्सड ऑन इनकम ये कैसे निकालूंगा मैं आप दस लाख रुपए की इनकम लेकर आए थे रॉयल्टी की आउटसाइड इंडिया से ठीक है दो लाख दस का आप खर्चा हो गया कितना बचा सात ठीक है आप 10 लाख रुपए की इनकम आपने कोई कमाई उस पर दो लाख 10 हजार रुपए आपने खर्चा कर दिए बाइंडिंग में स्टेशनरी में जो भी है तीन लाख रुपए की चैप्टर 6 से क्यू क्यू बी की रिबेट मिल गई इंडिया में तो आपकी टोटल इनकम भाई मैंने लास्ट यहां देखो रॉयल्टी इनकम दस लाख रुपए जो क्यूक्यूबी की जो एक्जन में मिली है वो दस लाख रुपए तक मिली है मेरी अगर ये वाली इनकम आउटसाइड इंडिया की नहीं होती तो मेरे को क्यूक्यूबी की इनकम ही चैप्टर सिक्स की डिडक्शन नहीं मिलती अगर दस लाख रुपए की इनकम नहीं होती तो मेरे एक्सपेंसिव नहीं होते क्योंकि तो मैं इंडिया में बैठा हूँ मैं यहाँ बुक लिखता हूँ मेरी वहाँ से रॉयल्टी आई उस बुक की तो मैंने दस लाख रुपये की इनकम ली एक्सपेंसिज की है कि मेरी एक्सपोर्ट हुई यहाँ से बुक मेरी फ्लैट के खर्चे हो गए फ्लैट के तो और मेरी बाइंडिंग होगी जो भी हो वोटे वह तो मेरी चार लाख रुपए की ऐसी इनकम है जिस पर दो बार टैक्स देना पड़ है क्योंकि मैंने पचास हज़ार रुपये वहाँ डट करवा चुका हूँ और यहाँ मेरा बयालीस हज़ार रुपये टैक्स बना इस इनकम को ऐड करने के बाद फर्स्ट में कहते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम इन in इंडिया मेरा टैक्स कितना बनना है इंडिया में बयालीस ठीक है टोटल इनकम इन इंडिया इंडिया में कितनी टोटल इनकम हुई सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड्लू टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया मेरी इनकम कितनी बन रही है बयालीस हजार एक सौ बीस रुपए टोटल इनकम इन इंडिया छह लाख चालीस हजार रुपये मेरी इनकम यहां पर है और डबल टैक्सेशन चार लाख नब्बे हजार जो बन रहा है जो भी इसमें आएगा टैक्स ये टैक्स होगा अब आता है यहां टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया 50,000 टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया 10 लाख रुपए इनटू डबल टैक्सेशन कैसे निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया इंडिया में मैंने इतना इनकम पे टैक्स बैलेजर एक सौ बना इंडिया में मेरे सिक्स लाख फोर्टी मेरी इनकम हुई चार लाख नब्बे ऐसी एक फिगर आई जो इस पे मेरे को दो बार टैक्स देना पड़ रहा है वैसे ही हम टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया में टैक्स कितना पे कर आ गया फिफ्टी आउटसाइड इंडिया से मेरी इकम कितनी है टेन लाख ,00 और मेरे को डबल टैक्स चार देना पड़ रहा है अभी कैक्यूशन करेंगे ठीक है सर कैलेशन करने के बाद आएगा आपका हाँ हाँ हाँ सात नौ तिरसठ सोलह पान सोल चुकी छियानवे छियानवे और पाँच यार पाँच चौनौ और आता है अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आठ चार अप्रोक्सीमेट पॉइंटों में आएगा वैसे इसका कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर तो पे करना पड़ेगा मेरे को बत्तीस दो सौ अड़तालीस और इसमें कैसे आएगा इसका तो सिंपल है जो से कहीं और एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच छः इसका आएगा आपका दो पाँच नब्बे चालीस चार सौ चौबीस हजार पाँच सौ रुपये आपने जो इनकम इंडिया में कमाई उस पर हमने कैलकुलेशन किया तो बत्तीस रुपए आया और यहां आया टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया 24,500 तो रिलीफ आपको कितने की मिलेगी टैक्स टोटल टैक्स इंडिया में कितना आ रहा है बयालीस लेस रिलीफ फ्रैक्शन इंटी वन चौबीस पांच सौ तो नेट ऑफ टैक्स जीरो सत्रह हजार छह सौ बीस रुपये आपको टैक्स पे करना होगा वापिस से मैं आपको बता दूँ मेरी कोई रॉयल्टी रीसी हुई दस लाख रुपए की आउटसाइड इंडिया से मैं इंडिया में रहता हूँ मेरे आ, बुक्स काफ़ी कंट्रीज़ में से ओल्ड आउट होती हैं दस लाख रुपए की कोई रॉयल्टी रिशी हुई मेरे उस बुक्स पर खर्चा होगा वहाँ मेरा टीडीएस डी कट गया पचास हज़ार रुपये या साठ हज़ार रुपये जो भी अमाउंट टैक्स कट चुका उस रॉयल्टी पर मेरा इंडिया में दो लाख दस दो या ढाई लाख जो भी है आपका एक खर्चा हुआ मेरे और इनकम हुई यहाँ मेरी डेढ़ लाख की यहाँ वगैरह तो मेरी टोटल इकम अब इंडिया वाले कहते सर आपका टी कहता है ट इनकम पर टैक्स क्यों दूसरा नहीं है तो आपको यहां पे भी मेरे को देना होगा। लेकिन हम इतना रिलीफ कर सकते हैं जो टैक्स जो टोटल इनकम पर इंडिया में जो टैक्स बन रहा है और आउटसाइड इंडिया बनना है जो भी, भी होगा उस रिलीफ में सेक्शन नाइनटी वन की वो हम इतना कर सकते हैं तो हमने ऐसे ही जैसे uh, कैलकुलेशन करने के पर हमारा इंडिया में जो टैक्स बना वो बना बयालीस हज़ार एक सौ अब एसएससी कहता है सर 50,000 हज़ार मैं ऑलरेडी कटवा चुका हूँ उससे टैक्स पे तो मैं बयालीस हज़ार रुपये क्यों पे करूँ इस चीज़ के लिए तो uh, गवर्नमेंट कहती हैं ठीक है सर हमने आपको ये फार्मूला दे रखा है आपने जो भी इनकम आउटसाइड इंडिया कमाई है और इंडिया में कमी है और इसके विच जो भी बनता है लोअर इसकी आपको सेक्शन नाइन्टी में रिलीफ आपको रिलीफ मिल जाएगी जब हमने इंडिया के में लगाया तो बत्तीस रुपए का बन रहा था दब, उस डबल इनकम पर टैक्स ये जो टैक्स बना है वो डबल इनकम पर बन रहा है और आउटसाइड इंडिया बना चौबीस हजार रुपए तो विच एवेज लोअर हमने लिया विच एवेज लोअर लिया तो, तो टोटल टैक्स इंडिया बन में बन रहा था बयालीस इसमें से रिलीफ नाइन्टी वन ले ली चौबीस आपको अभी भी सत्तर हजार पे करना पड़ा मीन्स ओवरऑल टैक्स कितना हो गया 50,000, 17,620 सत्रह हजार ये आउटसाइड इंडिया हो गया ये इन इंडिया हो गया अच्छा इन्हें टोटल टैक्स सड़सठ रुपए पे किया है डबल टैक्स में बस सेक्शन पूछ सकते हैं कि सर रिलीफ किस सेक्शन में मिलेगा सेक्शन 91 में मिलेगा वो रिलीफ आपको मिलेगा और कोई भी एक छोटा सा एम सी क्वेश्चन को बोल सकता है कि सर आपको कितना टैक्स का रिलीफ मिला है या कितना कैसे है सर छोटा सा एग्जांपल इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मेरी वहां से रॉयल्टी आई इसमें मेरे को कितना मिला कैसे मिला जो भी है अब आता है आपका <coughs> एक छोटा सा टॉपिक है एडवान टैक्स टी रिफंड ऑफ टैक्स इन टॉपिकों में टी हुआ एडवांस टैक्स हुआ और रिफंड एडवांस टैक्स की लाइविटी कब आती है किसी भी एस के ऊपर अगर किसी एस की टोटल इनकम पर टैक्स टेन थाउजेंड से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बन रहा है मीन्स किसी भी एस एस फर्म हुई एचयूएफ हुआ या आपकी पार्टनरशिप फर्म हुई कंपनी हुआ या सोसाइटी हुई कॉपरेटिव सोसाइटी हुई ए हुआ एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन हुआ या बी हुआ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसी भी एस की अगर पूरे साल में पूरे फाइनेंशियल ईयर में दस हज़ार रुपये के ऊपर दस हज़ार से ज़्यादा आपका टैक्स बन रहा है आपकी इनकम पर तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइविटी आ जाती है एडवान टैक्स की लाइविटी 10,000 से ऊपर आ जाती है अब एडवान टैक्स की लाइविटी आ जाती है या तो वैसे भी खुद सेल्स उसको जमा करा दे जमा कराने की चार डेट्स होती हैं इसमें एडवन टैक्स की लाइब्रेटी कब आती है वैन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एस की टोटल टैक्स अगर दस हजार रुपये से ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो या एस फर्म हो सकता है फर्म कंपनी इंडिविजुअल एच यू एओपी, या सोसाइटी जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं अगर उनकी इनकम पे टैक्स दस हज़ार से ज़्यादा किसी फाइनेंशियल है तो उनके ऊपर एडवान टैक्स की लाइविटी आ जाएगी अब एडवान टैक्स एक होता है टीडीएस और एडवान टैक्स अगर किसी एस का टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है नहीं है उसने 15 जी एच फॉर्म दे दिया है दो फॉर्म होते पंद्रह जी और एच साठ से कम वालों के लिए साठ से ज़्यादा वालों के लिए अगर वो फॉर्म देता किसी बैंक में वगैरह तो वो टी नहीं काटते तो एस या तो खुद जमा करा दे एडवांस टैक्स एडवांस टैक्स हर क्वार्टर के खत्म होने के पंद्रह दिन पहले तक उसकी लास्ट डेट रहती है जैसे इसकी बता देता हूं मैं आपको टाइम डिपोजिट एडवांस टैक्स जमा कराने का टाइम पीरियड क्या है डिपॉजिट कराने का फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का फिफ्टीथ ऑफ जून डेट पूछ सकता है वो ठीक है पंद्रह जून तक आप जमा करा सकते हो सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर एडवान टैक्स जमा कराने की कब आती है जब आपका टोटल टैक्स फॉर द फाइनेंशियल में 10,000 से ज़्यादा बन रहा हो एमसीक्यू में पूछ सकता है सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सर टाइम पीरियड क्या है एडवान टैक्स जमा कराने का अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर होता है 15th ऑफ जून इसमें भी फिफ्टीन ऑफ जो भी आपका टैक्स बन हो फोटी फाइव हंड्रेड परसेंट एडवांस रेट आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अप्रैल टू जून का है, आपको 15 जून तक आपको जमा कराने की डेट है आपको 15 जून तक आप एडवांस टैक्स के नाम से आप पेमेंट जमा करा सकते हो कितना 15 परसेंट पंद्रह परसेंट ठीक है जो भी आपका टैक्स बन रहा हो उसका 15 परसेंट आप जमा करा सकते हो ओवरऑल का सेकेंड क्वार्टर की डेट क्या है जुलाई टू सेप्टेंबर फिफ्टीन ऑफ सेप्टेंबर 15 सितंबर तक आप उसको एडवांस टैक्स को जमा करा सकते हो कि, कितना 45% 45% कैसे निकालेंगे टोटल टैक्स आपका 5 लाख रुपए बन रहा है उसका 15% आप ऑलरेडी जमा करा चुके हो तो उसका 45% आपको जमा कराना है थर्ड क्वार्टर का अक्टूबर टू दिसंबर 15 ऑफ दिसंबर 75% मतलब इस डेट तक 75% जमा हो जाना चाहिए तो आप साठ ऑलरेडी जमा करा चुके हो तो आपको कितना जमा कराना हो ट्वेंटी इसका टोटल टैक्स का फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च फिफ्टीन ऑफ मार्च हंड्रेड आ, ये डेट आप याद रख लेना दूसरा तरफ 15, 45, 75 एंड 100। इसका मीनिंग होता है कि आपको फर्स्ट क्वार्टर 15 परसेंट ओवरऑल टैक्स का यहाँ 45 परसेंट आप 45 में से 15 ऑलरेडी जमा करा चुके हो मतलब ये कहता है 15 सितंबर तक मेरा 45 हो जाना चाहिए 15 ऑलरेडी जमा करा चुके हो तो आपको कितना जमा कराना होगा थर्टी दिसंबर तक ये कहता है कि सेवेंटी जमा हो जाना चाहिए ओवरऑल टैक्स का मेरे का। तो ऑलरेडी आप सिक्सटी तो जमा करा चुके हो 45 और 60 जब तो यहाँ कितना जमा कराना है 75% और यहाँ आपको 25% जमा कराना होगा कि मेरा 15 मार्च तक 100% अगर थोड़ा बहुत चल जाता है कि अगर आपका कोई थोड़ा बहुत टैक्स रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंटरेस्ट की हाँ अगर आपने ओवरऑल टैक्स आपने कम जमा कराया है टैक्स पंद्रह मार्च तक अगर आपने पंद्रह मार्च तक टैक्स कम जमा कराया है तो फिर आप जब रिटर्न फाइल करोगे उस पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ जाएगी टू थर्टी फोर ए टू थर्टी फोर बी टैक्स में तीन सेक्शन टू थर्टी फोर ए टू थर्टी फोर बी एंड टू इन तीनों का क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं कोई भी आपको एक प्रैक्टिकल या कोई केस स्टडी दे दी कि सर इतना एडवान टैक्स है इतना इन्होंने जमा नहीं कराया तो सेल्फ असमेंट टैक्स मीन्स जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वन थर्टी नाइन वन सेक्शन में तो सेल्फ असमेंट टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा क्योंकि एडवांट टैक्स आपने कम जमा कराया आपका टी कटा है या नहीं कटा मतलब दोनों केस में लेकिन आपका फिर भी आपका टैक्स बन रहा है तो वो टैक्स जो होगा वो सेल्फ असमेंट टैक्स कहलाएगा उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगेगा जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगा इस पर एक एक्जाम्पल भी दूंगा इसका कि एडवांट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फिफ्टीन फोर्टी फाइव सेवेंटी 234 ABC में कैसे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट की रेट <coughs> क्या होगी और कैसे इसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स में कैसे कैलकुलेट होगा नाइन्ट क्लास में आपको एडवान टैक्स एडवान टैक्स एंड टी डी एस का चैप्टर क्लोज करूंगा आज के लिए इतना ही काफ़ी है ठीक है थैंक यू